अपनी पहली गेंद की तैयारी तो करते हुए शॉर्ट गेंदबाज के पूरे अखंड को चकना चूर करती हुई बहुत ही बढ़िया साझेदारी गेंदबाजों को गेट लेना ही होगा अगर तो इस मैच में बरकरार रहना चाहते हैं आक्रामक बल्लेबाज है ये विश्व क्रिकेट में और ये स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्लेबाज की और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बहुत ही निराश लग रहे हैं स्टप बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्लेबाज